नमस्ते चलो सीखे में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार सरकार पुलिस विभाग को बहुत ही लेटेस्ट जो हथियार हैं यानी ड्रोन हैं और ऑटोमेटिक जो गन होते हैं उसकी खरीद करने के लिए यहां देख सकते हैं जून के पहले सप्ताह में होगी क्रय समिति की बैठक सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन जरूर प्रेस करें ताकि इससे संबंधित वीडियो आप तक सीधे पहुँचें देख सकते हैं पुलिस विभाग करेगा ड्रोन और ऑटोमेटेड हथियारों की खरीद देख सकते हैं इस बार खरीदे जाएंगे कई तरह के ट्रेनिंग उपकरण मेन टॉपिक जो है यहाँ पे 24,000 से अधिक जवानों को दिया जा चुका है प्रशिक्षण बीते कुछ वर्षों यानी 2016 से लेकर अब तक बाईस पुलिस व महिला सिपाहियों की प्रशिक्षण दिया जा चुका है इसके अलावा सात सौ उत्पाद सिपाही सात कक्षपाल और पाँच वनरक्षी सिपाही सहित कुल चौबीस सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है यानी पहले ही विभाग इसके लिए अलर्ट मोड में है और उन सबों को ये ट्रेनिंग दे चुका है यहाँ देख सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान बढ़ेगी गोली चलाने की सीमा पुलिस सूत्रों के अनुसार सिपाही और दरोगा से लेकर अन्य पुलिस पदों के प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग देने के लिए अब आर्मी के एक से अफसर बहाल किए जाएंगे आने वाले दिनों में बिहार पुलिस के जवानों की ट्रेनिंग में कई बदलाव होंगे बदले बदली चुनौती में खुद को तैयार करने और प्रशिक्षण क्षमता को भी विकसित करने का काम किया जा रहा है प्रशिक्षण के अलावा प्रशिक्षण स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भी काम किया जा रहा है अगर किसी कारण कोई जवान पूर्ण पर ट्रेनिंग नहीं कर पाए तो उनको भी ट्रेनिंग देने का काम पूरा होगा इसके अलावा अब अब से ट्रेनिंग के दौरान गोली फायर करने की सीमा भी बढ़ाई जाएगी पुलिस अफसर के अनुसार केवल कुछ राउंड की फायरिंग के बाद ही नहीं यानी माना जाए कि पुलिस गोली चलाने में माहिर हो गए हैं यहाँ देख सकते हैं बिहार पुलिस के आधुनिक उपकरणों से सुशोधित करने के लिए जल्द ही कई तरह के आधुनिक उपकरणों की खरीद होगी इसमें दस ड्रोन से लेकर सैकड़ों की संख्या में ऑटोमेटिक व सेमी ऑटोमेटिक हथियार होंगे इसके अलावा इस बार पुलिस विभाग कई तरह के अत्याधुनिक ट्रेनिंग उपकरणों की भी खरीद करेगी पुलिस सूत्रों के लिए अनुसार पुलिस सूत्रों के लिए अनुसार उपकरणों की परंपरागत खरीद के लिए जिलों तथा पुलिस विभाग की अन्य इकाइयों की अनुशंसा आ गई है यानी अब बिहार पुलिस ऑटोमेटेड चाहती है कि बिहार पुलिस को बहुत ही लेटेस्ट हथियार दिया जाए ड्रोन्स दिए जाए चलिए आगे हम देखते हैं अन्य इकाइयों की अनुशंसा आ गई है अब जल्द ही पुलिस मुख्यालय में क्रम क्रय समिति की बैठक हुई क्रय समिति के, के निर्णय के बाद पुलिस विभाग खरीद के लिए निविदा जारी करेगा गौरवतल है कि मतलब है कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के कारण कई बार प्रस्तावित क्रय समिति की बैठक नहीं हो पाई है इस बार अब जून से पहले या दूसरे सप्ताह की बैठक तय हो पाएगी धन्यवाद